याद भी सर भूत शक्ति रूपेण संता वो वो बंधु चमेवीन तुमेव दिनेश शर्मा जी कहीं भी हो स्टेज पे आने के कष्ट करें प्रभु के चरणों से प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए अगर भगवान के णों से सच्चा प्रेम जब हो जाएगा आदमी को किसी को भी तो चार शहर की बात है क्या दो चार शहर की बात है क्या संसा samishaan tere se ho jaaye जाए संसार हो जाए तो कोई न धन संपत्ति की जरूरी है न कोई विद्या की जरूरी है प्रमाण है इसका कभी तो ने कहा है गज का पेश पढ़ा उपजा का रूप की रानी थी कौन सा का रूप की रानी थी कुमार रूप की रानी थी, की रा थी। रा बस इतना ही हुआ सब छोड़ के चरण गला सरकार के पूजा प्रभु के चरणों चरण चार को हो जाए दो चार शहर की बात है क्या के हो सं सच्चा प्रेम हुआ प्रहलाद जी को प्रहलाद जी पांच बरस के बच्चे वाला भक्ति भावना क्या जानता है पांच वर्ष का बच्चा भक्ति भावना क्या वक्त जानेगा ये तो भगवत कृपा थी सब छोड़े प्रभु के शरणरा सरकार फिर के हो जाए प्रभु के चरणों के, के हो जाए नहीं सहिया हो जाए ये भी प्रमाण मिलता है हमारे धर्म धर्मशास्त्रों में पुराणों में कि जिसने प्रभु से मैर किया है जिसने प्रभु से दुश्मनी की है उनको सजा भी मिली है इसका भी प्रमाण मिलता है राम में से छोड़ विभीषण सब छोड़ विभीषण शरण गया छोड़ विभीषण शरण गया तो चरण You can see it all. प्रेम मेरा उस प्रेम मेरा छोड़े शाम दीवार छोड़ जा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 चार चरण भक्ति बहुत है संसार से हो जाए श्याम शरण में हो जाए श्याम शरण में हो जाए श्याम शरण में